पागल हो गया तू से ऐसे बात करता क्या अपने वो लोग, जो के ऊपर मेरे को फिर Thank you got me.